हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एन डी एम एन क्या होता है तो एन डी जो है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठीक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से आपको समझ आ रहा हो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो किए जाते हैं वो किसने ले रखा है अपना एन ने एन की अथॉरिटी जो है वो ये सारी चीज़ें टैकल करती है ठीक है अब क्या होता है जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बारी आती है तो क्या होता है जब पहले जितनी भी आपदाएँ होती थी उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती थी तो किस तरीके से हम खुद को सेफ रख सकते हैं जो सारा प्रोसीजर है वो कैसे पता चले तो ये सारी एन ने लोगों में जागरूकता फैलाई और बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं तो जो एन जो है वो 30 मई 2005 में स्थापित किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा गठन किया गया इसका ठीक है 2005 में लागू हुआ ठीक है तो इसमें यही बताया गया कि आपदाओं के लिए निर्देशन बताया गया इसमें कि आप कैसे इन आपदाओं के प्रति खुद को सुरक्षित रख सकते हैं ठीक है तो इसका मेन मोटिव यही था कि अगर कोई भी आपदा आती है तो आप कैसे इसमें मतलब खुद को सेफ़ रख सकें जैसे कि भूकंप आता है तो आपके लिए जो प्रोसीजर जो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस रहते हैं वो अगर आप फॉलो करें जैसे कि आपको लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है आपको सी से ही जाना है आप कोशिश करें आप ओपन एरिया में खड़े हों किसी बिल्डिंग में फंस गए हैं तो उसको निकलने के लिए जो भी प्रोसीजर रहता है वो सब ठीक है तो इस तरीके से क्या ये जागरूकता इनमें फैलाएगी कि आप कैसे सेफ रख सकते हैं राष्ट्र आपदा प्रबंधन योजना ने यही बताया कि भारत सरकार ने मिल यही तैयारी और योजना बनाई कि जब भी इस तरीके के खतरे आते हैं तो हम कैसे जनता की पूरे पूरे इंडिया में मतलब होने वाले जो भी एक्सीडेंट हैं नेशनल लेवल पर मतलब पूरे भारत में होने वाले जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें हम Uh, कैसे uh, लोगों को सेफ़ रखें उन तक कैसे चीज़ें पहुंचाएं उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचाएं इस समय पे इस डिज़ास्टर के टाइम पे हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं तो यही सारी चीज़ें इसमें हुई जैसे कि आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो कैसे आर्मी मैनस वगैरह हेलीकॉप्टर की हेल्प से किसी न किसी की हेल्प से वो खाना पहुँचाते हैं उन तक उनकी हेल्प करते हैं इस तरीके से ठीक है तो इनका यही था तो इन, आ, यही था इनको कि आपको कैसे ये अवेयरनेस पहुँचाएँ ठीक है तो जैसे कि जितने भी डिज़ास्टर्स रहते हैं अब कभी हम देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है कभी हम देखते हैं भूकंप आ जाता है कभी आ, कोई आ, कोई डिज़ास्टर होता है तो कभी कोई डिज़ास्टर होता है तो आपदा प्रबंधन के ये यही सारे प्रबंधन करने के लिए कैसे हम ए, एक एक जगह कोई इंसान फंस गया तो उसे निकाल सकें उनकी सेफ्टी रख सकें इसी के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई ठीक है तो ये जो एक्ट जो था वो 2005 में लागू कर दिया गया इस तरीके से क्या हुआ फिर जितनी भी निर्देशन रहते हैं दिशा निर्देशक रहते हैं ये सारे आ, चीज़ें मतलब कि आप क्या क्या अपने इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं इस तरीके के डिजास्टर जब आते हैं उनमें होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप क्या उनमें स्टेप्स ले सकते हैं ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई और इन्होंने ये सारी आयोजन बनाया कि हमें क्या करना चाहिए इस तरीके के जब डिज़ास्टर्स आते हैं हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं दूसरों की ठीक है तो इसमें इस अथॉरिटी इस का यही पूरा मकसद है कि जब भी इस तरीके के कोई भी डिज़ास्टर्स आते हैं तो ये उसको टैकल कर सकें ठीक है तो एन में कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें यही सब बताया गया कि आपके जो भी आपके आसपास के जो भी डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट हैं अब इस तरीके के कोई भी एक्सीडेंट होता है या मतलब एक्सीडेंट्स का मतलब इसमें यह है कि डिजास्टर्स होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में अगर बताया जाता है तो कैसे आप टैकल करेंगे है ना तो आपके यहाँ जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आप फेस करें तो अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ सभी जगह होता है वहाँ पे आप उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम है और आपको कुछ ना कुछ वहाँ से हेल्प मिलेगी ठीक है तो इस तरीके से ये जो एन डी है वो इसी तरीके से लोगों की हेल्प करता है इसका नाम ही है नैशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ठीक है ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है इसका कोऑर्डिनेशन यही है कि सबको मैक्मम लोगों को अवेयरनेस दी जाए और एकस, आ, इस तरीके के डिज़ास्टर्स डिज़ास्टर से वो टैकल कर सकें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें रहती रहे ठीक है तो ये मैंने आज आपको एन के बारे में बताया तो एन डी एम ए बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसमें कि देखिए डिजास्टर्स दोनों तरीके के डिजास्टर्स रहते हैं तो इसमें से कोई भी आप डिज़ास्टर फेस कर रहे हैं तो यहाँ से आपको हेल्प मिलती है ठीक है इनके द्वारा अवेयरनेस दी जाती है लोगों को और बाकी सारी हेल्प जो भी रहती हैं जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए ये लोग यहाँ से आप तक हेल्प पूरी तरीके से पहुँचाते हैं ठीक है तो ये मैंने आज आपको एनडीएमए के बारे में बताया सो थैंक यू